सुना है? की अरे जाओ जाओ कोई मतलब नहीं है तोर से जाओ आज के बाद हमरा तू लक्षण मत दिखाना जाओ अरे तू कुछ बोल आई लव यू मैं स्कूल में इतना था कि मैडम भी मुझे खुद कहती थी वहां से उठो और मेरे सामने आकर बैठो। हाँ, तो शादी बाह चौदह फरवरी के ना हाँ, हाँ। तो नगो कैमरा भेज के देर साई अरे भेलो? मान पैसा लेब पूरा आ कैमरा देब फोर के तू चला के बारह सुनो तो सही <laughs> ना ना अरे पूरा तो बात सुनो यहाँ बी एम ए करने वाली लड़किया सिंगल मिल जाएगी लेकिन मजाल है जे वाला मिल जाए भाई मैं रारू मजा लसवा के रे हमारा बाबूजी के ए तू तो अपने भैयावा के समझा लिए आजकल बड़ा तेज बनत हो हां तो बहु रस लागतो मो तो ये 1 नंबर के कटड़बा अच्छा तो 1 नंबर के कटड़बानू तो कह दियो ओकरा से हम 1 नंबर के रबर बानी मो ये देखें बेबी मेरी तारीफ करो ना तेरी अक्खी भी कमीनी मेरा दिल भी कमीना और तू भी कमीनी तेरा बाप भी कमीना ओहो तो गाइस आप सभी ने इसको इतना प्यार दिया इतना प्यार दिया कि ये बेचारा प्रेग्नेंट ही हो गया अरे रिपोर्टर हाँ। तुमने बहुत स्मार्ट लगते होट यू, यू, यू। भी लगते यू, यू। लडू भी लगते <laughs> दोस्तों को वो शेर देखा है अरे नहीं रे तो देख ले तुम्हारे सामने खड़ा हर किधर रे हर इधर हर किधर इधर कि ना ना ना काथी मोबाइल फोटो ले ले कैमरा कैमरा कैमरा कैमरा से केमरा से से हम हम नहीं लगे ना अच्छा हो ना हो ना। रुक लेके आओ का है ले एक वही तीनों छप्पन सौ छप्पन सौ तीनू गोराबे आइंदा से मेरे खिलाफ बगावत की कर टलूंगा बात करता मत करके दिखाना दिखा करके दिक्कत हो कारे तू अपना मेहरारू के बुलावे गले तो महतारियो के बोला के ले ले आ गए के समय महतारी इतना न रुत रहे कि हमरा से बर्दासे हमारा भेल कहनी चल तोहरा चलते हमार बाबूजीओ बाज रही सुना यार दिल दिया जिसे वो दिल्ली चली गयी दिल दिया जिसे वो दिल्ली चली गयी दिल्ली गया तो इटली चली गई। वाह वाह वाह वाह। सोचा कि बिजली का तार पकड़ के जान दे वाह वाह वाह वाह। सोचा कि बिजली का तार पकड़ के जान दे दू जैसे ही तार पकड़ा बिजली चली गयी केसरी आपने फरमान सुना इसको अपने को बहुत हल्के में ले रहा है सुना बांडिया <laughs> मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ क्या बोलती है तू अबे चुप हमने तुझे तेरी अब एक बोला बैग नीचे रख। और जो बताया समझ, हाँ समझ गया ना हाँ अरे एक मिनट भाई तेरा फोन आ रहा है उठा लार हेलो कोई कह रहा आज ही सुनते हो अरे मेरी बीवी का फोन है एक मिनट भाई यहाँ तो लुटेर लिखा हुआ है। भाई तेरा फोन तो खराब था ना सही करा लिया यार भाई तो आज रात को देगा ले लियो सही में भाई तू मेरा भाई है यार अरे भाइयों में तो चलता है यार लेकिन तू मोबाइल का क्यों पूछ रहा था तुम भी पागल, तुम भी पागल। हमें मोहब्बत सिर्फ तुमसे वरना हमें भी चाहने वाले कोई नहीं आज हमारे साथ एक टॉप क्लास सैर जुड़ चुके हैं तो एक साइड जी। मुझे तो अपने ना लूटा घर लूटा तो घर में ही फाड़ देते देखो को फाड़ के रख देते तड़प के इस दिल ऐसी आई मुझे अरे भाई शादी का कार्ड आया देख तो इसमें क्या लिखा है हाँ भेज रहा हूँ स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुझे बुलाने को लॉकडाउन का पालन करना आ मत जाना खाने को मैंने बोल दिया करूँगा तो लव मैरिज ही करूंगा तो फिर फिर एक आवाज आई हमारे घर ऐसा नहीं होता अमन सीटा अमन अब एक बात बता तेरे कोई सेटिंग ना पड़ेगा तो को मेरा प्यार दुनिया के किसी कोने में हो होगा कौन से कोने में होगा दुनिया तो गोल होती है सिंगल पसंद है कभी याद नहीं आती मेरी आती है दीदी डिजाइन वाले मास्क पहनी हुई लड़कियों से बस इतना ही कहना है कि हमें कोरोना को हराना है पटाना नहीं है जिस हिसाब से लॉकडाउन का पालन हो रहा है मुझे नहीं लगता पंद्रह अगस्त के पहले आजादी मिलेगी दानिश भाई मैं क्या सोच रही हूँ यार एक कार निकाल लू करेटा देखो भाई अगर मेरी राय मानो तो मत निकालो तुम्हारी राय माने मेरा लैंड मैं तो बता दू दिल में हो तुम जहा मैं हो तुम, तुम। बोलो तुम्हें कैसे चार बोलो तुम्हें कैसे चार हीरा सी जिंदगी जी रहे थे आप फिर कौन कोने मूरख ने चमगा भाई बाहर बिरयानी बट रही है और भाई क्या बात कर रहा है सही में कैसा लगा मेरा मजाक क्या समझते हो तुम अपने आप को बहुत बड़ी मस्त हो तुम बहुत बड़ा जॉब हो रहा है तुमने कोरोना से लड़ने के लिए हमारी पढ़ाई कुर्बान करनी पड़ जाए ना तो मोदी जी हम स्टूडेंट तैयार हैं सात साल भी कॉलेज स्कूल बंद करने पड़ जाए ना तो ये बलिदान हम देंगे सुनो जी आज मुझे शॉपिंग कराओगे या नहीं देख मुझे गुस्सा मत दिला मैं बेकार में गलत सलत बोल दूंगा अच्छा गलत सलत बोलोगे मुझे बोल के बताना गलत सलत मुझे बोलो गलत सलत पता न लोग प्रपोज कैसे कर ले वे? यहाँ तो समोसे के साथ चटनी मांगने में भी शर्म आवे वैसे तो मैं हमेशा बिजी ही रहती हूँ मेरी एक टांग दिल्ली में तो दूसरी टांग पंजाब में होती है मां कसम हरियाणा वालों को तो मजा आ जाता होगा आपको फाड़ देंगे रे फाड़ देंगे, देखेगा अभी फाड़ देंगे फाड़ के दिखाओ तो ऐली जी फाड़ दिए है